गीत अर्थात जनजातियों द्वारा कौन कौन से गीत गाए जाते हैं उनके बारे में तो पहला तारा गीत तारा गीत अब तारा से क्या पता चल रहा है तारा जो है एक स्त्री है तो अर्थात ये जो है स्त्रियों द्वारा गाया जाएगा स्त्रियों द्वारा गाया जाएगा और कब गाया जाएगा नए फसल आने की खुशी में यह गीत गाया जाएगा दूसरा छेड़ता गीत छेड़ता गीत जो होता है वो मुख्य पुरुषों द्वारा मुख्यतः पुरुषों द्वारा गाया जाता है और छेरता नाम से क्या पता चल रहा है ये छेरछेरा के अवसर पर गाया जाएगा मुख्यतः पुरुषों द्वारा छेड़छेरा के अवसर पर गाया जाएगा और छेरछेरा कब मनाते हैं पौष पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा को मनाते हैं तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि छेड़ता गीत जो है कौन से और कब गाया जाता है तो कब गाया जाएगा पूछेगा तो ऑप्शन में छेड़छेड़ा नहीं देगा वो देगा पौष पूर्णिमा ठीक है फिर आते हैं तीसरा रिलो गीत रिलो गीत जो है मुड़िया और मारिया जनजाति में वैवाहिक जो गीत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें कहा जाता है रिलो तो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें क्वेश्चन बन सकता है मुड़िया एवं मारिया जनजाति में वाय वैवाहिक गीतों को क्या कहा जाता है तो इसमें होगा गया रिलो चौथा रिलो के बाद आते हैं हम लो, लोग लिंजा एक आता है लिंजा गीत लेंजा गीत जो है वो एक विशुद्ध हल्बी गीत है एक विशुद्ध हल्बी गीत है ठीक है इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट मेन है विशुद्ध हल्बी गीत कौन सा गीत ऐसे करके अगर पूछेंगे तो यही होता है ठीक है फिर अब आते हैं हम लोग लेंजा गीत के बाद आते हैं हम लोग चैत पर्व के चैत पर समझ में आ रहा है कि ये जो है चैत्र माह को मनाया जाएगा चैत्र माह में मनाया जाएगा मतलब गाया जाएगा ये चैत्र माह में ये गीत गाया जाएगा और यह जो है पुरुषों और स्त्रियों के मध्य प्रतिद्वंदता का गीत है स्त्रियों और पुरुषों के मध्य प्रतिद्वंदता का गीत है और कब मनाया जाए कब गाया जाएगा ये गीत रात्रि को गाते हैं सब जो जब मिलकर मिल बैठ के, बै, के बैठते हैं सब पूरा एक ग्रुप फिर भी गीत को गाते हैं चैत पर्व के बाद आता है फाग गीत फाग गीत जो है कौन गाता है ये इंपॉर्टेंट है बैगा बैगा ये गीत गाते हैं बैगा ग ठीक है कब गाते हैं फागुन के अवसर पर फागुन के अवसर पर यह गीत गाते हैं बहगा लोग ठीक है फागुन के अवसर पर यह गीत गाया जाता है हाल से ही पता चल रहा है ठीक है उसके बाद हम लोग लिंगो पाटा लिंगोपाटा तो लिंगोपाटा जो है ये गीत कौन गाता है लिंगोपाटा जो गीत है वह गाते हैं प्रधान जनजाति के लोग कौन सी जनजाति के लोग प्रधान जनजाति के लोग और इसमें एक लास्ट है लिंगोपेनगो पेन जो है कौन गाता है लिंगोपेन जो गाते हैं वो मुड़िया जनजाति के लोग गाते हैं कब गाते हैं जो लिंगोपेन जो देवता होता है उनकी स्तुति में ये गीत गाया जाता है लिंगोपेन देवता की स्तुति में यह गीत गाया जाता है फिर अब हम लोग अगला देखते हैं इसके बाद नुमा देख रहे हैं नुमा जो है वो है गौरा गौरी गौरव गौरी गीत गौरव गौरी गीत जो है कौन सी जनजाति के द्वारा गाया गाया जाता है गोण जनजाति के द्वारा गाया जाता है कैसे याद रखेंगे ग ग और गोण जनजाति के द्वारा कार्तिक माह में गाया जाता है कार्तिक माह में कब दीपावली के अवसर पर दीपावली के अवसर पर यह गीत गाया जाता है कौन सा गीत गौरव गीत ठीक है अब इस गीत में इस गीत को गाते गाते क्या करूं शिव पार्वती जो माता है शिव पार्वती उनका विवाह कर पूजा अर्चना किया जाता है ठीक है दसवा आते हम लोग कोटनी कोटनी में जो है ओडिया ओडिया व भाषा का कूट होता है टनी भाषा में किसका कोटनी भाषा में किसका कूट होता है ओडिया व भतरी का कूट होता है यह जो है श्रृंगार प्रधान गीत है श्रृंगार प्रधान गीत है विवाह के अवसर पर गाया जाता है विवाह के अवसर पर श्रृंगार प्रधान गीत है विवाह के अवसर पर गाया जाता है स्त्री व पुरुष दोनों गाते हैं स्त्री व पुरुष दोनों गाते हैं लोग आते हैं धनकुल जिसे जगार गीत भी कहा जाता है इसमें हल्बी वतरी का कूट होता है हल्बी व भतरी भाषा का कूट होता है और इस गीत में वाद्य यंत्र जो यूज होता है वाद्य यंत्र वो है धनुष बांस की खच्ची हंडी और सुपा हंडी मतलब मटका ठीक है इन सब चीजों का जूस होता है इसके बाद यंत्र में कब कब गाया जाता है लक्ष्मी जगह, आठे जगह, तीजा जगह, इन सब चीजों में इन सब अवसरों पर यह गीत गाया जाता है कौन सी जनजाति यह गीत गाती है गोण जनजाति गोण जनजाति के द्वारा ये धनकुल एवं जगार गीत गाया जाता है ठीक है अब हम लोग जाते हैं घोटुल पाटा जो घोटुल पाटा जो गीत है वो गीत जो है गोण जनजाति के द्वारा गाया जाता है मृत्यु के अवसर पर कब कौन से अवसर पर मृत्यु के अवसर पर घोटुल जो है गीत गाया जाता है सॉरी गोण निह मुड़िया है मुड़िया जनजाति के द्वारा मृत्यु के अवसर पर यह गीत गाया जाता है पूजा में कर्म देवता की पूजा में यह गीत गाया जाता है कब कौन कौन सी जनजाति गाती है कमार उराव मुंडा करम देवता की पूजा में बैगा व गोर इन जनजाति के लोग यकीन कहते हैं